हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मोकिंग ऑफ कोड तो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या होते हैं गाइज हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो गाइज चलिए देखते हैं आज ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं परफॉर्म करने के लिए करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में तो गाइस ऑपरेटर हमने ये सीखा कि मतलब जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो एक प्रकार के सिंबल होते हैं, मतलब होते हैं जिसका प्रयोग हम, operation, तो मतलब हम कुछ अपने पाइथन प्रोग्राम में कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं तो गाइज हमारे ऑपरेटर कु, कुछ इस प्रकार से होते हैं जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर जो सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर गाइज हमारा रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों सेम होता है पाइथन में यह थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर फोर्थ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर फिफ्थ होता है बिट ऑपरेटर सिक्स होता है मेम्बरशिप ऑपरेटर और सेवेंथ होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर तो गाइज हमने आज अपने आज की इस वीडियो में हमने अपने इस सिक्स सेवेंथ ऑपरेटर्स के बारे में जाना अब हम देखेंगे एक एक करके कि हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और इसका प्रयोग कैसा कैसे होता है तो गाइज हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को जानेंगे और थ्यूरी के बाद हम इसको अपने रेपलेट में इसकी कोडिंग को भी देखेंगे तो गाइज चलिए हम आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जानेंगे वैसे ही गाइज हम अपने सारे ऑपरेटर को एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे तो गाइज हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को चलिए देखते हैं इसी वीडियो में तो गाइज चलिए ये आपके सामने पेश रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर तो गाइज जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर आज यूज टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन। मतलब गायज अर्थमेटिक के नाम से आपको मालूम होता है कि ये कुछ मैथ के कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग में आते हैं जी हाँ दोस्तों तो गायज जो हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं तो गाय जो सबसे पहला हमारा होता है एडिशन गाइज जो हमारा एडिशन होता है मतलब एडिशन गाय हमारे टू थ्री नंबर्स को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो गाय जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक में वो होता है एडिशन देखिए गाय जैसे कि हमारा एक ऐसा एग्जांपल रहा गाय जब हम इस सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके हम कोड में भी देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं तो गाय जो हमारा फर्स्ट रहा एडिशन उसके बाद से गाय हमारा जो सेकेंड होता है वो होता है सब ट्रेक्शन जो हमारा सब होता है ये दो तीन जितने भी नंबर को आप सब करना चाहें उसके लिए प्रयोग होता है जो हमारा थर्ड होता है मल्टीफिकेशन गाई ये बहुत ही कॉमन सी चीज है हमारा जो होता है थर्ड मल्टीफिकेशन जो गाय हमें टू नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं गाई देखिए जैसे कि मैंने यहाँ टू इंटू तू का मल्टीप्लाई किया जिसका रिजल्ट फोर आ गया जो थर्ड होता है डिविजन तो गाई जो हमारा थर्ड ऑपरेटर होता है डिविजन तो गाय जैसे कि मैंने यहाँ फोर डिवाइडेड बाई टू किया तो जिसका आंसर हमें यहाँ टू मिल गया गाइज अगर हम यह 5 डिवाइडेड बाय 2 किए होते तो गाइज इसका भी हमें आंसर 2 ही मिलता क्योंकि जो हमारे पाइथन में डिवीजन ऑपरेटर होते हैं ये हमारे रिमाइंडर को नहीं कंटेन करते मतलब हमारे रिमाइंडर को नहीं बताते हैं ये सिर्फ उस कितने बार में मतलब कट रहे हैं? सिर्फ उसी को कंटेन करते हैं मतलब उसी को आउटपुट में दिखाते हैं और गाइज हम रिमाइंडर को चेक करने के लिए हमारे पास एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर गाइज देखिए मैंने इसके आगे लिख दिया टू गेट रिमाइंडर तो गाइज जो हमारा जैसे कि गाइज मैंने बताया कि हमें पाँच से डू टू से फाइव में डिवाइड करना है तो हम डिवाइड करेंगे तो गाइज जो हमारा मॉडुलर सपरेटर होता है हमें ये नहीं बताया कि हमारा डिवीजन कितने बार में गया जबकि इसमें मॉडुलर सपरेटर हमारा ये बताता है कि हम जब टू से फाइव में डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आया मतलब हमारा सेस कितना है तो गाइज देखिए ये फर्क होता है हमारे मॉडुलर सपरेटर और डिविजन में तो गाय जो डिवीजन वाले ऑपरेटर होते हैं ये डिवीजन का जो सिंबल होता है इससे हमारे मतलब ये मालूम चलता है कि कितने बार में डिवाइड जा रहा है जैसे कि मेरा यहाँ टू से फोर में डिवाइड किया तो टू टाइम में गया था और गाय जी यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर से ये मालूम चलता है कि यहाँ कितना हमारा रिमाइंडर मतलब की शेष आया अब गाय हम थर्ड जानेंगे एक्सपोनेंट गायसपोनेंट का सिंबल होता है दो स्टार तो तो जैसे कि हमें 5 5 स्क्वायर स्क्वायर लिखना है, हम तो हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में हम को पावर तो तो जितना भी देना हो यहाँ दे सकते हैं अगर हम यहाँ फाइव की जगह जो भी नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं और जितना पावर देना चाहें दे सकते हैं बस इन दोनों के मिडिल में यानी बीच में हमारे दो स्टार होने चाहिए और गाइज देखिए हमारे यहाँ जैसे कि मैंने 5 का स्क्वायर निकाला है तो जिसका आउटपुट हमें रिजल्ट मिला है ट्वेंटी फाइव अब हम जानेंगे इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन क्या होता है गाइज जो हमारा इंटीजर डिवीजन होता है ये मतलब कि गाइज देखिए जैसे कि मैंने यहाँ 5 से 2 में डिवाइड किया है तो गाइज ये भी हमारा कितने बार में डिवीजन जाता है बस यही देता है बस लेकिन गाइज जो इसमें हमारा फ्लोट डिविजन होता है जैसे कि मैंने फाइव से माइनस में टू से डिवाइड किया है तो माइनस फाइव से टू में डिवाइड किया तो गैस गाइज एक्चुअली इसका आउटपुट तो टू आना चाहिए और रिमाइंडर वन आना चाहिए लेकिन गाइज ये ऐसा ना करके जो हमारा माइनस वाला होता है मतलब कि जो हमारा फ्लोट फ्लोट नंबर होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं उसका हम आउटपुट के समय वो जितने बार में हमारा डिविजन गया होता है जैसे कि हमारे यहाँ टू बार में गया लेकिन हमारे फ्लोट वाले में उसको एक बढ़ा के देता है तो गैज ये होते हैं हमारे अब हम हम चलिए इसको देखते हैं अपने अपने में। तो हम इसके लिए सबसे पहले जल्दी से अर्थमेटिकट को ओपन कर लेते हैं अपने रेपलेट को ओपन कर लिया है और हम यहाँ जानेंगे क्या अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में मतलब कि हमने यहाँ जितने भी अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ा उसमें से हम सारे को कैसे मतलब अपने प्रोग्राम में लिख के इसका ऑपरेशन म कराते हैं सबके बारे में एक एक करके जानेंगे तो गाइज चलिए देखते हैं हम अपने में आके तो मैंने हम सबसे पहले यहां अपने कमेंट में लिख लेंगे कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे डिविजन के बारे में तो गाइज सबसे पहला पढ़ेंगे सॉरी हम एडिशन के बारे में तो गाइज हम इसको भी कमेंट बना लेते हैं जी हाँ दोस्तों तो गाइज हमारा ये पहला है एडिशन तो गाइज हम चलिए देखते हैं कि हमारा एडिशन कैसे होता है तो गाइज हम अपने पाइथन प्रोग्राम में हम अपने अब अप, हम ऑडिशन को दो तरह से कर सकते हैं सबसे पहले तो हम वेरिएबल में शाइन करके और दूसरे दूसरा तरीका यह है कि हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो हम यहां दोनों तरीका को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल वेरिए और जिसमें मैं एक बी नाम का और जिसमें मैं एक फ्लोटिंग प्वाइंट नंबर टू पॉइंट टू असाइन करा लिया अब गाइज हम इन दोनों नंबर को प्रिंट कराएंगे तो गाइज हम इन दोनों नंबर का एडिशन कराएंगे तो गाइज उसके लिए हमें तीसरा वेरिएबल बना लिए और जो हमारे एडिशन को असाइन करेगा तो गाइस हम यहाँ ए प्लस बी लिख लेंगे गाइस देखिए हमने यहाँ ए और बी के बीच में प्लस मतलब एरिथमेटिक ऑपरेटर का प्लस सिंबल को यूज किया है तो गाइस हम यहाँ एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ अपने वेरिएबल सी को प्रिंट कर लेंगे तो गाइस हम हमें हमारे इसका आउटपुट यहाँ आउटपुट में देखने को मिलेगा तो गाइज चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमारा इसका आउटपुट सही आ रहा है या गलत तो गाइज देखिए हम यहाँ अपने प्रिंट फंक्शन को लिख लिया और उसके पैरेंट के अंदर हम हमारे जो दो नंबर का एडिशन जो भी वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं हम उसको उसके अंदर लिख लेंगे तो गाइज हमारे यहाँ दो नंबर का एडिशन हमारा हमारे दो नंबर का एडिशन यहाँ जो सी नाम का वेरिएबल है वो कंटेन कर रहा था तो गाइज उसको हमने अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख लिया है अब हम यहां पे रन पे क्लिक करेंगे रन पे क्लिक करते ही हमें हमें इसका आउटपुट यहां एक सही तरीके से और सही वे में और करेक्ट एकदम पॉइंट टू मिल चुका है तो गाइज तो ये रहा हमारे एडिशन अब हम चलिए देखते हैं कि हम डायरेक्ट कैसे एडिशन कर सकते हैं तो गाइज हम प्रिंट फंक्शन को सबसे पहले लिख लेंगे गाइज मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन को लिख लिया है और प्रिंट फंक्शन को लिखने के बाद हम यहाँ वेरिएबल ना बना के हम अपने डेटा टाइप को हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं और हमें जो भी ऑपरेशन प्रोफाम कर कराना हो हम वहाँ उस उस उस ऑपरेटर के उस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं तो गाइज हमें यहाँ एडिशन करना है तो हम यहाँ अपना एक नंबर मैंने यहाँ एक इंटीजर नंबर ले लिया टू और हमें एडिशन कराना है और उसके बाद मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू ले लिया अब गायज चलिए देखते हैं कि क्या हमें हमारा इसका आउटपुट फोर आता है या नहीं तो मैंने अपने प्रोग्राम को रन कर लिया है तो देखिए हमारे, हमारे तो हाँ तो मतलब अर्थमेटिक जो भी हमारा एडिशन सिंबल होता है एडिशन होता है उसके हमने दो तरीके पढ़े अब हम सेकेंड पढ़ेंगे सब ट्रैक्शन के बारे में तो गाइज हमें हमें लगता है कि अब आपको इस दोनों तरीके के मालूम तरीकों के बारे में मालूम चल चुका होगा तो तो हम हम हर बार वेरिएबल वाला ही पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं के बारे में अब हम सॉरी है जो की हमाराट सब का होता है तो गाइज मैंने सब सब के लिए सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे और जिसमें कुछ हम वैल्यू को असाइन करेंगे तो गाइज मैंने यहाँ सी नाम का एक वेरिएबल बनाया और हम इसमें एक फाइव इन टाइप का एक वेरिएबल असाइन एक हम वैल्यू असाइन कर दिए अब हम अपना दूसरा वेरिएबल डी नाम का बनाएंगे और जिसमें हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2.5 पॉइंट असाइन कर देंगे अब गाइज हम इसका सब्ट्रेक्शन कराएंगे तो सब्ट्रेक्शन कराने के लिए हम इसको एक ई नाम के वेरिएबल में इसके सब को असाइन कर लेंगे तो गाइज हमें क्या किसको और किसको सब कराना है सी में से डी को सब करना है तो हम सी माइनस डी लिख लेंगे गाइज यहाँ सी में से डी को सब कराने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सी है होल्ड कर रहा है और जो हमारे डी है टू फाइव को होल्ड कर रहा है तो मतलब की हमारा यहाँ इसमें बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि हम फाइव में से टू पॉइंट को घटा रहे हैं एक्चुअली लेकिन हम यहाँ दिखा क्या रहे हैं कि हम सी में से डी को घटा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो सी है फाइव को पॉइंट कर रहा है और जो D है 2.5 को पॉइंट कर रहा है तो गाय चलिए अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं देखते हैं इसका हमारा आंसर सही आता है या नहीं तो हम उसके लिए अपने प्रिंट फंक्शन को लिख लेंगे और प्रिंट फंक्शन को लिखने के बाद गाइज चलिए हम उसको अपने पैर के, के अंदर लिख लिया तो है अब तो हम अप रन करा के देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत तो गाइज देखिए इसका यहाँ आउटपुट टू पॉइंट फाइव आ चुका है तो गाइज हाँ हम से टू पॉइंट को जब हम सब करेंगे तो हमारा 2.5 ही आता है मतलब कि हम पांच में से साढ़े मतलब तो हमारा आता है तो ये हम, हमारा ये सही है अब हम चलिए देखते हैं हमारा जो थर्ड है मल्टीफिकेशन तो गाइज हम उसके लिए एम्यूएल शॉर्टकट .E में लिख लिया आप समझ लीजिएगा कि, कि हमारा मल्टीफिकेशन है तो गाइज अब हम हम चलिए देखते हैं कि हमारा मल्टीफिकेशन क्या होता है तो गाइज उसके लिए हम क्या करेंगे guys, man, अब हम उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम हम दो बनाएंगे, दो वेरिएबल वेरिएबल बनाएंगे बनाएंगे सबसे पहले हम इसको कमेंट कर लेते हैं तो गाइज हम कमेंट में मल्टीपल लाइन कमेंट के बारे में पढ़े हैं तो हम तो गाइज जिसको हम ट्रिपल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं अपने मल्टीपल कमेंट को तो गाइज चलिए हम वहा उस, यहाँ उसी का प्रयोग करने वाले हैं तो गाइज हम यहाँ अपना ट्रिपल इनवर्टेड कामा लगा लिया है जो कि हमारा यहां कमेंट हो चुका है तो गाइज अब हम क्या करेंगे अब हम यहां करेंगे मल्टीपिकेशन के बारे में तो गाइज जो हमारा हमने फिर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम कुछ वैल्यू को असाइन कर देंगे गाइज मैंने यहाँ ए के अंदर फाइव को असाइन कर दिया ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और जिसके अंदर इंट टाइप का एक डेटा टाइप फाइव को असाइन करा दिया अब हम एक बी नाम का वेरिएबल बनाएंगे और बी नाम का वेरिएबल बनाने के बाद से हम इसमें टेन टेन एक इंट टाइप के ही डेटा टाइप को भी असाइन करा देंगे अब हमें क्या कराना है इसका मल्टीप्लिकेशन तो हम उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाएंगे और क्यों बनाएंगे जो कि हमारे मल्टीप्लिकेशन किए हुए अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू है उसको वो असाइन करा ले अपने अंदर तो गाइज हम सबसे पहले a और b का मल्टिफिकेशन करा लेते हैं तो a इंटू बी गाइज जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में मल्टीफिकेशन का सिंबल होता है वो स्टार होता है नहीं कि हमारा वैसे एक्स के जैसे मल्टीफिकेशन का सिंबल बनता है अब हम चलिए हम इसको अपने प्रिंट फंक्शन की सहायता से देख लेते हैं कि क्या ये हमारा सही एंसर आ रहा है या नहीं तो गाइज हम यहाँ सी को दोबारा से प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद हम इसको देखते हैं रन कराते हैं देखते हैं क्या इसका आउटपुट सही आता कि नहीं तो गाइज देखिए हमारा यहाँ इसका आउटपुट 5 मतलब 50 आ चुका है 50 फिफ्टी आ चुका है तो गाइज अब हम जानेंगे कि हमारा डिवीजन कैसे होता है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में तो गाइज हम डिवीजन को देखने के लिए हम फिर से दोबारा से दो वेरिएबल बनाएंगे और तो उसके लिए उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने कमेंट को अब यहाँ आके यहाँ लगा देते हैं तो हम इस ट्रिपल इन्वर्टेड कामा को हम यहां से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते तो गाइज हमारा यहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कोड कमेंट में है अब हम देखेंगे कि हमारे डिवीजन क्या होता है तो डिवीजन के लिए भी हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे और हम वेरिएबल में एक फोर टाइप फोर मतलब फोर डेटा टाइप मतलब फोर इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप का साइन कराएंगे उसके बाद हम एक दूसरा भी वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में हम एक इन टाइप का टू जो डेटा टाइप है उसको हमारा साइन कराएंगे अब हम डिवीजन कराने का ऑपरेशन करेंगे तो गाइज हम सबसे पहले तो एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारे डिवीजन किए हुएबल बना लेते हैं जो की हमारे डिविजन किए हुए डेटा को पॉइंट करेगा तो गाइज हम यहाँ ए से बी में ए में बी से डिवाइड करेंगे मतलब की चार में दो से डिवाइड करेंगे तो गाइज हम चलिए अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट सही आता है या नहीं मतलब कि इसका आउटपुट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू टू आना चाहिए तो गाइज चलिए अब हम पाइथन के अनुसार देख देखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथन कि क्या इसका आउटपुट टू आ रहा है या नहीं तो गाय चलिए हम इसको प्रिंट फंक्शन की मदद से देख लेते हैं तो प्रिंट फंक्शन के पैरेंट के अंदर हम जल्दी से लिख लेते हैं कि जो हमारा जो हमारे किए हुए ये क्या क्या हो हो चुका है भाई आउट क्यों भाई क्यों ऐसा गया इसको चलिए कोई बात नहीं ये वो एक टेक्निकल जाते हैं कभी कभी के लिए अब हम क्या कर सकते हैं हम भी तो आपके जैसे एक नॉर्मल से इंसान ही है तो गाई हम प्रिंट फंक्शन के अंदर हम Function के के अंदर हम उस को को को लिख लेंगे जो हमारे divide value, value तो जो हमारे हमारे किए किए हुए कर कर कर कर रहा रहा रहा रहा है है है है है तो तो हमारा का वही वो क्या चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं आउटपुट देखते हैं इसका टू आ रहा है कि नहीं तो हाँ गाय इसका यहाँ आउटपुट टू आ चुका है तो हमारा ये भी ये भी हमारा operation था सक्सेसफुल रहा अब गाइज हम चलिए मॉड्यूलर सेपरेटर के बारे में जानते हैं कि क्या हमारा मॉड्यूलर सेपरेटर क्या होता है तो हम ये ओ डी लिख लेंगे को आप समझ दीजिएगा कि ये मॉड्यूलर सेपरेटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो गाइज हम मॉड्यूलर सेपरेटर को जानने के लिए भी हम सबसे पहले दो वेरिएबल बनाएंगे उससे पहले हम क्या करते हैं अपने कमेंट को हम यहाँ लाके इसको भी कमेंट कर देते हैं उसके लिए हम कंट्रोल एक्स और यहाँ आके कंट्रोल भी कर देंगे तो गाइज हमारे यहाँ तक का कोड कमेंट हो चुका है अब हम मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में जानेंगे उसके लिए भी हम सबसे पहले दो वेरिएबल बनाएंगे तो मैंने एक वेरिएबल फोर बना लिया सॉरी हम यहाँ फाइव बनाते हैं ताकि हमारा का काम ही सही से काम करता है या नहीं तो उसके लिए हम एक जिस ऐसे वैल्यू को लेंगे जो की जिसका हमें कुछ रिमाइंडर मिले तो गाइज हमने यहाँ एक वेरिएबल में फाइव को असाइन कर लिया है और दूसरे वेरिएबल में हमने टू को असाइन कर लिया है अब हम गाइज इन दोनों का डिवाइड कराएंगे तो हम डिवाइड का डिवाइड की हुई वैल्यू को पॉइंट करने के लिए हम एक और थर्ड तीसरा वेरिएबल बनाएंगे तो गाइज हमें डिवाइड किससे कराना किस है ए में कराना है बी से तो गाइज हमें यहां डिवाइड नहीं कराना है हमें मॉड्युलरेटर का प्रयोग करना है तो मॉड्युलस ऑपरेटर को मैंने अपने यहाँ लगा लिया है उसके बाद हमें बी अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या हमें इसका आउटपुट वन मिलता है, नहीं। guys, का है कि नहीं गाइज का काम ही रिमाइंडर होते हैं उसको ये ला के देता है तो गाइज हमारे और आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू इसका जो रिमाइंडर होगा वन आएगा लेकिन अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथन क्या इसका जो रिमाइंडर होता है वन आ रहा है या नहीं तो गाइज चलिए देखते हैं उसके लिए हम अपने प्रिंट फंक्शन को बुला लेते हैं और हमने अपने प्रिंट फंक्शन को बुला लिया है अब हम इसको देखते है क्या इसका आउटपुट सही आता है या नहीं तो गाइज देखिये इसका आउटपुट यहाँ वन आ चुका है जैसा की अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू वन आया था तो अकॉर्डिंग टूथन भी वन आ गया तो गाइस ये भी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा गाइज हम यहां जानेंगे कि क्या होता है, मतलब है तो क्योंकि मैं उसके पीडीएफ में लिंक तो, तो अपने डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा तो गाई हम एक्सपोनेंट के लिए भी हम दो वेरिएबल बनाएंगे तो गाई उस वेरिएबल को बनाने से पहले हम अपने कमेंट को यहाँ पहुंचा देते हैं वहां से तो हम कमेंट को कंट्रोल एक्स किया और एक वेरिए नाम का बनाए जिसमें हम टू को असाइन करा कर दिए अब हमें क्या करना है फाइव का हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें टू की ही जरूरत होती है क्योंकि फाइव का दो बार मल्टीप्लाई करना होता है तो गाइज कॉमन सी बात है हम फिर थर्ड बना लेंगे जो कि हमारे स्क्वायर किए हुए वैल्यू को प्वाइंट करेगा तो गाइस हम यहां सी बना लिए अब जैसा कि मैंने बताया कि हमें किसका स्क्वायर निकालना है फाइव का स्क्वायर निकालना है तो हम सबसे पहले यहां फाइव को लिखेंगे तो फाइव को लिखने के लिए हम ए को लिखेंगे क्योंकि यही ऐसा जो जो वेरिएबल है कि हमारे को पॉइंट कर रहा है उसके बाद से हम जानते हैं कि हमारे जो एक्सपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं डबल स्टार लगाते हैं तो गाइज मैंने यहां डबल स्टार लगा ली अब आपको यह स्क्वायर निकालना है मतलब फाइव का स्क्वायर निकालना है क्यूब निकालना है या उसका चार बार मल्टीप्लाई करना है पाँच बार मल्टीप्लाई करना है जो भी करना है हमें तो ये स्क्वायर निकालना है तो हम इसके लिए यहाँ टू लगा लेंगे और टू लगाने के बाद अब हम जैसे कि गाइज फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है मेरे अनुसार और आपके अनुसार भी ट्वेंटी फाइव ही होता होगा अब हम देखते हैं पाइथन के अनुसार क्या ट्वेंटी हो रहा है या नहीं तो गाइज इसके लिए तो हमें प्रिंट फंक्शन को बुलाना ही पड़ेगा तो हम फिर चलिए बुलाते हैं प्रिंट फंक्शन को मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन को बुला लिया और ये आ भी चुका है अब हम यहां से से बोलेंगे कि यार जल्दी करके दिखा दो क्या पाइथन भी सही ऐसा कर पा रहा है या नहीं तो ने बोला कि चलो मेरे पैराम के अंदर उस वैल्यू को लिख, लिख दो जो कि हमारे इन जो कि तुम्हार जो कि की स्क्वायर द्वारा आए हुए वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो गाइज मैंने यहाँ अपने जो भी हमने ऑपरेशन हुए थे इसको हमने इस वेरिएबल में असाइन कर दिया और हम उसको अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर दे दिया है अब गाइज प्रिंट फंक्शन हमारे पाइथन कंपाइलर से जाके पूछेगा कि क्या यह आ रहा है नहीं तो गाइज जी हाँ पूछ के हमें बता दीजिए कि इसका आउटपुट क्या होता है ट्वेंटी होता है तो गाइज हाँ बिल्कुल सही है पच्चीस का पांच का जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमारा होता है पच्चीस तो गाइज हमें इसका आउटपुट पच्चीस मिल चुका है अब हम जानते हैं इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन के बारे में तो गाइज हम यहां इंट डिवीजन लिखते हैं या नहीं तो हमें क्या जानना है फ्लोट डिवीजन के बारे में एफ एल ओ ए टी फ्लोट डिवीजन अब हम इसको कमेंट बनाते हैं सबसे पहले हम सिंगल लाइन कमेंट का प्रयोग करेंगे उसके लिए हम हैज लगाएंगे और हम यहाँ इस पूरे को फिर से कोड को कमेंट करेंगे उसके लिए हम अपने ट्रिपल और हम यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल से पेस्ट कर देंगे तो गाइज हमारा यहाँ तक कमेंट बन चुका है अब हम जानेंगे की हमारा इंट डिविजन और फ्लोर डिविजन क्या होता है तो गाइस हम उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे ए नाम का जो की हमारा फाइव को प्वाइंट कर रहा है और हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जो बी नाम का जो कि हमारे टू को पॉइंट कर रहा है तो हम यहां पे अपने इंट डिवीजन डिवीजन और फ्लोट वाले सिंबल का प्रयोग करेंगे तो गाइज हम एक थर्ड वेरिएबल सी नाम का बना लिया जो कि हमारे किए गए ऑपरेशन को कंटेन करेगा तो गाइज हम यहां पे ए में का फ्लोट डि इंट डिवीजन कराना चाहते हैं पी से तो गाइज हमने यहाँ इसको करा दिया अब हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन को बुलाना पड़ेगा मैंने प्रिंट फंक्शन को बुला लिया उसने बोला कि भाई जो भी उस ऑपरेशन की वैल्यू को कंटेन कर रहा है जल्दी से उसको हमारे पास भेज दो तो मैंने इसका अपने सी को लिख दिया क्योंकि सी ही जो हमारे किए गए ऑपरेशन के वैल्यू को मतलब पॉइंट hmm, कर रहा है अब हम इसको रन करा के कर देखते हैं कि क्या इसका आंसर तू आता है या नहीं तो गाइज चलिए देखते हैं तो जी हाँ दोस्तों इसका जो आउटपुट है वो दो आ चुका है अब हम एक देखते हैं अपना फ्लोट डिवीजन तो गाइज जो हमारा फ्लोट डिवीजन होता है फ्लोट डिवीजन का मतलब हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो गाइज हमारा इसका आउटपुट आना चाहिए थ्री क्योंकि जो गाइज हमारा फ्लोट डिविजन होता है तो गाइज एक्चुअली में अगर उसका एंसर दो आ रहा होता है तो उससे एक बढ़ा के जो भी हमारे निगेटिव वाले होते हैं तो गाइज हम चलिए इसको चेक करते आज आज आंसर आंसर आ आ रहा है है तो तो देखिए इसका चुका की की वीडियो वीडियो में में में सिर्फ इतना ही अब हम हमने ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के बारे जाना कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाना और उसके प्रकार में पहला प्रकार आर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है अर्थमेटिक कौन कौन से होते हैं तथा इन सारे अर्थमेटिक ऑपरेटरों के प्रैक्टिकल अपने कोड में जाके किया अपने मतलब जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उस पे जाके किया तो और गाइस अब हम को, अपने जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे क्योंकि गाइस हम अगर हम एक ही वीडियो में सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताएं तो हमारा वीडियो होगा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो गाइज उसमें अभी आपको बोरिंग भी होने लगेगी और हमें भी बहुत सारे डिफिकल्ट आएंगे मतलब हमें भी बहुत दिक्कत होंगे वीडियो को एडिट करने में तो गाइज हम सारे एक एक सारे जितने भी ऑपरेटर्स के टाइप है सबको हम एक एक करके एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू